मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुजरात चुनाव का मोर्चा संभाल लिया है उन्होंने कई सभाओं को संबोधित किया इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी और केजरीवाल को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी कल्पवृक्ष हैं उनसे जो जरूरत है वही मिलेगा केजरीवाल बबूल का पेड़ है केवल कांटे ही मिलेंगे और राहुल बाबा खरपतवार है ये फसल ही खराब कर देंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कक्ष मोरबी काली और, में चुनावी को किया और कहा वादे करने वाले लोग हैं हालात यह है कि यहाँ भी अब कांग्रेस में बचा क्या है यहाँ के रिजेक्टेड माल को लड़ा रहे हैं वे उन्होंने कहा पुराने कांग्रेस ही अंदर बैठे बैठे घुसमुसा रहे हैं कांग्रेस की हालत यह हो गई है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा कांग्रेस की सरकार रही तो हमें यही पढ़ाया गया देश को आजादी नेहरू जी ने दिलाई और किसी को याद ही नहीं करते थे ये झूठे वादे करने वाले हालत है कि अब कांग्रेस में क्या क्या है हमारे यहाँ के रिजेक्टेड माल को लड़ा रहे पुराने कांग्रेस के अंदर बैठे बैठे कुछ मुसार अब देखेंगे कांग्रेस की हालत ये हो गई है एक दिल के टुकड़े हजार हुए एक इधर गिरा कोई उधर गिरा भुजपुरा के मेरे बहन और भाइयों नरेंद्र मोदी है कल्प वृक्ष जो जरूरत है वो ही मिलेगा और केजरीवाल है बबूल का पेड़ केवल काटे करेंगे राहुल बाबा खरपतवार है फसल ही खराब कर देगा ये कांग्रेस ये आप ये देश से संतोष और साफ कर देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी कल हैं जो जरूरत है वही मिलेगा वहीं केजरीवाल बबूल का पेड़ है केवल काटे ही मिलेंगे और राहुल बाबा खरपतवार है ये फसल ही खराब कर देंगे राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान किया है जिन्हें कालापानी की दो जन्म की सजा मिली थी जिन्होंने कालापानी की सजा काटी देश के लिए सब कुछ लुटा दिया ऐसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी और कांग्रेसियों देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा कांग्रेस शहीदों का अपमान करती है कांग्रेस की सरकार रही तो हमें यही पढ़ाया गया देश को आजादी इंदिरा जी ने दिलाई नेहरू जी ने दिलाई और कोई को याद ही नहीं करते थे कल अपमान किया है राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान दो दो जन्म की सजा जिन्हें मिली थी काला पानी काला पानी की सजा जिन्ने काटी। देश के लिए सब कुछ लुटा दिया वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी कांग्रेसियों देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा